सोहे yeah. so, hey, तो आपने प्रीव्यू में देख लिया तो उसका ट्यूटोरियल बता ले तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक फुल वच करना बिना स्केप किए हुए तभी आप लोग को टूटल समझ आएगा तो उसको बनाने के लिए चाहे लाइट मोशन अगर आप लोग का पास लाइट मोशन नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड करने वास्तव आप लोग कोपन करना है प्रोजेक्ट भी क्लिक करना है गाइस ऐसा सॉन्ग बीटमारोजेक्ट और उससे इफेक्ट प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो आप लोग को दोनों को डाउनलोड करके इनपुट कर लें करने के आप लोग को सॉन्ग बीटमार प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, कर है। यहाँ पर जो क्या आएगा गाइस एड सॉन्ग तो आप लोग को ऑल लिंक पर आप लोग को सॉन्ग मिल जाएगा और वहाँ बाकी का फ़ोटो मिल जाएगा फ़ोटो तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें एल्बम पर क्लिक करना है गाइस और कौन में क्लिक करना है यहाँ से सॉन्ग को जो कि सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करना बस यहाँ पर क्लिक करना है कैसे इसको जो कि सॉन्ग को नीचे ले कर आना है यहाँ से ऐड सॉन्ग वाले को डिलीट कर देना है करने बाद आप लोग क्या करना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया करना है कैसे आप लोग फोटो को जो कि सेलेक्ट करना है और तो जो भी आप लोग फोटो सेलेक्ट करना है इसके बाद आप लोग को इसको एरो पर क्लिक करना है एक बार यहाँ एक बार और क्लिक करना है इसके बाद आप लोगों को इसको ले आना इसको फर्स्ट पर तो ऊपर तो ऊपर जो कि थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर क्लिक करना है फील्ड कॉम्पोजिशन एरिया करना है फिर से आप लोग प्लस पे क्लिक करें मीडिया फिल करना है ऐसे फोटो को सिलेक्ट करके आप लोग को सभी को इसे ही बड़ा कर लेना है तो बस मैं सभी को कर लेता हूँ तो बस यहाँ से जो कि सभी फोटो को मैंने एड कर लिया है करें बता आप लोग क्या करना है इफेक्ट इसमें ऐड करना है करने के लिए आप लोगों को बैक आना है ऐसे से इफेक्ट पे क्लिक करना है का यहाँ से ऐसे से फर्स्ट पिक पे क्लिक करना है इफेक्ट्स पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे क्लिक करना है ऐसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना इसके बाद बैक आना है सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, है।, है। मेन वाले पे इसके आप लोगों को क्या करना है गई इफेक्ट जो कि आना इफेक्ट फर्स्ट पिक पर क्लिक करना है इफेक्ट क्लिक क्लिकना है थ्री डॉट पर क्लिक करना है पेस्ट कर देना है जो कि इफेक्ट उसके उसके ऊपर वाले फ़ोटो कोई इफेक्ट एड करना है नहीं तो आप लोगों को जो कि गलत इफेक्ट हो जाएगा मतलब तो आप लोग को इसी को फर्स्ट वाले इफेक्ट को गाइस सभी को सही पेस्ट कर लेना है इसके बाद आप लोग क्या करना बैक आना है सेकेंड सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट लेना है सेक एक फोटो यहाँ गई जो की बड़ा है उसको छोड़ देना इसके बाद सेकेंड जो की इफेक्ट टू पे आएगा पिक पे क्लिक करना है इफेक्ट भी क्लिक करना है थ्री डॉट पर क्लिक करना है इसी तरीके से आप लोग को सभी को पेस्ट करने ले तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसके आप लोग क्या करना बैक आना है से क्लिक करना है करने ऐसे थर्ड वाले जो की इफेक्ट पे आना है पिक पिक क्लिक करना है इफेक्ट्स पर क्लिक करना है फिर डॉट पे क्लिक करना है कॉपी इफेक्ट्स कर लें वैसे आप लोग को बैक आना है मेन बीट तो पी पे आना है यहाँ से जो कि फर्स्ट फोटो आप लोग छोड़े थे तो पिक पे क्लिक करना है इफेक्ट्स पे क्लिक करना है थ्री डॉट पर क्लिक करने वहाँ से पेस्ट कर दे रहे हैं फिर से बैक आना है इस क्लिक करना है चौथा वाला फोटो इस पर क्लिक करना है इफेक्ट्स पे क्लिक करना है थ्री डॉट पर क्लिक करना से कॉपी इफेक्ट्स करना है फिर बैक आना है इसे सॉन्ग पिटमार प्रोजेक्ट भी क्लिक करना है यहाँ से नीचे नीचे आना है इसको ऐसे एक पिक जो कि बड़ा वाला था इसको पिक को क्लिक करना है थ्री डॉट पिक क्लिक करना है ऐसे पेस्ट करना है ऐसे आप लोग वीडियो को एक्सपर्ट कर सकते तो एक्सपर्ट करने के लिए ऊपर जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे वीडियो को एक्सपर्ट कर देना है तो किसी अगर ट्यूटोरियल पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वालों पे सेट कर देना ऐसे ही नहीं एडिटिंग का वीडियो पाने के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए टेक केयर जाए हिंद